मणिका वत्रा जी हाँ मणिका वत्रा भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं इनका जन्म 15 जून उन्नीस को दिल्ली में हुआ था और यह अपने तीन भाई बहनों में से सबसे छोटी हैं और इन्होंने अपनी चार वर्ष की उम्र में ही टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था टेबल टेनिस में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत सरकार के उन्होंने अभी दो हजार इक्कीस के ओलंपिक गेम में बेहतरीन खेल दिखाते हुए ओलंपिक की टेबल टेनिस वुमेन सिंगल इवेंट के तीसरे राउंड में एंट्री कर ली है इस उपलब्धि पर और जल्द ही ओलंपिक में गोल्ड जीतकर भारत का नाम बढ़ाएं। ऐसी समस्त देशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं